हेलो है दोस्तों वेलकम बैक टू तो उड़ान डिजिटल उड़ान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का मैं अखिलेश हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हमारी क्लास नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं तीन क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और बनेंगे मैथ्स के टीचर की इस सीरीज में आपकी तीन क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है उन क्लासेस को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस को पहले अटेंड करें फिर आप क्लास नंबर फोर पर आए प्ले में आपको सिक्वेंस से सारी क्लासेस मिल जाएगी आप उड़ान डिटल के एपर जाओगे तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी टॉपिक वाइज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी का वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा साथ ही साथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा ठीक है यहाँ तक तो आइए डिस्कस करते हैं आज हम स्थानीय मान और जाति मान आई होप कि ये टॉपिक आप सभी ने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पर यकीन मानिए मेरा विश्वास कीजिएगा आपने इस तरीके से चीज़ों को नहीं डिस्कस किया होगा जैसे आज हम करने वाले हैं इसलिए आप सभी से मेरी हम भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक अटेंड करें और उसके बाद आपका डिसीजन ले कि क्लास आपको कैसी लगी वो आप कमेंट में लिखे ठीक है चलिए तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और मान क्या होता है तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा स्थानीय मान का मतलब होता है स्थानीय मान ठीक है और एक होता है जाति मान तो इंग्लिस में इंग्लिश में अंग्रेजी में सर इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में सर स्थानीय मान को हम कहते हैं स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू और अब से आगे जितने भी क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाला हूं उन सभी प्रश्नों में आपको इस प्लेस वैल्यू को मैं केवल मैं केवल और केवल क्या लिखूंगा मैं केवल और केवल शॉर्ट फॉर्म में पीवी वी लिखूंगा पी वी मीन्स प्लेस वैल्यू ठीक है इसी तरीके से देखा जाए कि जाती मान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं सर फेस वैल्यू क्या कहते हैं फेस वैल्यू इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एफवी फेस वैल्यू बराबर है तो आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं बहुत ही अच्छे से आप सभी को ये पता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है जैसे मैं बहुत साल पहले बहुत साल पहले एक टीचर था बहुत नहीं कह सकते कुछ साल पहले एक स्टूडेंट था और आप एक टीचर हूँ आप आज स्टूडेंट हैं कल को ऑफिसर रहेंगे तो आपका जो स्थान है वो बदला आज आप है तो हम आपको नाम से पुकार सकते हैं कल को आप ऑफिसर बन गए तो हम आपको आपके नाम से नहीं सकते हमें आपका बाद में भी रहेगा वैसे ही आपने देखना है तो बात क्या समझ में यहां से प्लेस बदल सकती है फेस नहीं बदल सकता जाति नहीं बदल सकती जनरल से बिलोंग करते हो तो जो आपकी कैटेगरी है वही आपकी कैटेगरी रहेगी वो आपकी बदलेगी नहीं कैटेगरी मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि जाति मान बदलेगा नहीं जो होता है वही जातिमान होगा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सर मैंने एक छोटा सा नंबर लिया मैंने एक छोटा सा नंबर लिया मैंने लिखा टू आप सभी को ये विजिबल है सर बिल्कुल विजिबल होगा ठीक है तो टू अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस संख्या में अगर मैं आपसे सर पूछ लूँ कि इस संख्या में इस संख्या में बताएं मुझे दो का फेस वैल्यू क्या है फेस वैल्यू का मतलब होता है जो दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू है। वो बदलेगा नहीं तो दो का फेस वैल्यू दो ही होगा ठीक है अगर इस संख्या में आपसे पूछ लिया जाए इस संख्या में आपसे पूछ लिया जाए सर क्या पूछ लिया जाए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर मुझे दो का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बताओ आपसे आठ का भी पूछ सकता है आपसे पांच के बारे में पूछ सकता है आपसे नौ के बारे में पूछ सकता है आपसे सात के बारे में पूछ सकता है हाँ या ना, तो एक एक को डिस्कस कर सकते हैं आपसे दो का पूछा है तो दो का फेस वैल्यू मैं फिर कह रहा हूँ जातिमान नहीं बदलता जो फेस है जो दिख रहा है वही आपको लिखना है तो दो कैसा दिखता है सर दो जैसे दिखता है तो इसका जातिमान दो हो गया ऐसे ही आठ का जातिमान कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा पाँच का जातिमान कितना हो जाएगा सर पाँच हो जाएगा नौ का जातिमान कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा और सात का जातिमान सात हो जाएगा पर प्लेस बदलेगी ठीक है प्लेस बदलेगी प्लेस आपकी जो है वो बदलती रहती है चेंज होती रहती है तो आप ये देखेंगे कि फिलहाल फिलहाल इस दो का जो प्लेस है वो क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार और दस हजार ये सबको पता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार और दस हजार वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड दैट मींस इसका जो है वो दस हजार वाला वैल्यू है तो आप क्या करोगे जब प्लेस वैल्यू निकालोगे तो केवल वो नंबर लिखो और उसके पीछे सब जीरो लगा दो पीछे वाले नंबर में क्या आ जाएंगे जीरो तो आठ का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा सर आठ हजार ठीक है ऐसे ही पांच का वैल्यू क्या हो जाएगा पांच सौ वो सैकड़े के स्थान पर है नौ का वैल्यू क्या हो जाएगा नब्बे और सात का हो जाएगा सात ठीक है तो यह हो गया प्लेस वैल्यू इसका प्लेस क्या है इकाई है इकाई मतलब सात गुणा इकाई इकाई मतलब होता है एक तो सात एकम सात दहाई मतलब होता है दस तो दस धाम दस धाम नब्बे सैकड़ा मतलब होता है सौ तो सैकड़ा गुणा पचास सैकड़ा गुणा पांच कितना हो जाएगा सैकड़ा गुना पांच हो जाएगा पांच सौ ऐसे ही हजार मतलब आठ गुणा हजार आठ हजार दस हजार दो गुणा दस हजार तो बीस तो ये इनका क्या हो गया प्लेस वैल्यू अब इस नंबर में इस दो का place value ये है हो सकता है किसी और नंबर में दो किसी और जगह हो तो उसका प्लेस बदलेगा पर फेस यहां भी वही रहेगा वहां भी वही रहेगा चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना ठीक है एक नोट करने वाली चीज यह है कि इकाई स्थान का जो नंबर होता है जैसे इकाई स्थान पर क्या है यहां पर सात है तो इकाई स्थान पर जो नंबर है उसका है ना इकाई स्थान पर जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होता है इकाई स्थान पर जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं जो प्लेस वैल्यू होगा वही फेस वैल्यू होगा मतलब किसी संख्या में इकाई स्थान के प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और मान का अंतर हमेशा जीरो आएगा किसी संख्या में किसी संख्या में इकाई अंक के स्थानीय और जातिमान का अंतर हमेशा जीरो आएगा क्यों क्योंकि इकाई अंक के स्थानीय मान भी वही होता है और जाती मान भी वही होता है इसलिए उसका अंतर जीरो आएगा तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी अब एक बार कुछ छोटी छोटी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है मैं लिखा टू एट सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं सर ये होता है इकाई क्या होता है इकाई सर ये होता है दहाई सर ये होता है सैकड़ा सर ये होता है हजार बोलो हाँ या ना। सर सबको बहुत ही अच्छे से ये चीज पता है कि ये चीजें होती है हाँ या ना? कितने बच्चे ऐसे हैं कमेंट करके बताना जिनको ये पता है सर जिनको ये चीज पता है कि इसको बोलते हैं इसको इसको क्या बोलते हैं सर ये होता है आपके पास दशांक क्या होता है दशांक इसको बोलते हैं शतांक क्या बोलते हैं इसको शतांक और इसको बोलते हैं सहस्त्रांक तो आप में से बहुत सारे प्रिय छात्र ऐसे होंगे जिनको ये बातें शायद पता नहीं हो उम्मीद है नहीं पता थी पर आपसे आपको आगे पता होनी चाहिए कि दशम्लो के बाद जो होता है उसको दशांक शतांक और सहस्त्रांक कहते हैं और इतने में हमारा काम हो जाना है ठीक है तो इकाई एक ही होता है इधर दहाई सैकड़ा हजार इधर इकाई इकाई के बाद देशी के जो बाद नंबर आएंगे उसको बोलेंगे दशांक शतांक और सहस्त्रांक अब इसका मतलब क्या होता है अगर इस सवाल में भी अगर इस सवाल में भी मैं आपसे पूछ लूं कि सर दो का प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू भी बताओ ठीक है दो का हमें क्या बताना है प्लेस वैल्यू भी बताना है मतलब स्थानीय मान बताना है और जातीय मान भी बताना है फेस वैल्यू भी बताना है हाँ है ना तो दो का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताओ दो का है ना दो का सभी का पूछ लेते हैं दो का क्या होगा आठ का प्लेस वैल्यू भी बताओ और फेस वैल्यू भी बताओ ऐसे ही नौ का ऐसे ही सात का ऐसे ही पांच का भी बताना पड़ेगा ऐसे ही तीन का और ऐसे ही छह का भी बताना है ठीक है तो आप मुझे एक बात बताएं सर इन सब का हमें प्लेस वैल्यू भी बताना और फेस वैल्यू भी बताना है ठीक है इन सब का हमें पेस... प्लेस वैल्यू भी बताना और फेस वैल्यू भी बताना है चलिए बताएं आप बताएं इन सभी का प्लेस वैल्यू भी बताना है और फेस वैल्यू भी आपको बताना है तो वीडियो को पोज करो और शांति मन से देखो कि क्या आप इनके आंसर दे पाओगे ठीक है शांति मन से चीज़ों को आप देखें क्या हम इनके आंसर दे पाएंगे तो आप खुद पहले सारे आंसर देके देखो फिर आप आंसर मेच करना कि, कि कितने आंसर आपके सही हैं और कितने आंसर आपके जो हैं वो सही नहीं है ठीक है तो पहले एक बार शांति मन से आप चीज़ों को खुद करें फिर मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं चीजों को चलिए अब बताना आप लोग ठीक है चलिए तो यहां पर अगर दो को देखें तो दो का स्थान जो है हजार है मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा दो हजार ठीक है आठ सैकड़ा मतलब इसका प्लेस वैल्यू होगा आठ सौ नौ दहाई मतलब प्लेस वैल्यू होगा नब्बे और सात इकाई मतलब सात अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना जब हमने इसको लिखा देखो पीछे हम जीरो लगाते जाते हैं क्या लगाते जाते हैं जीरो दो का स्थानीय मान पूछा तो दो लिख दिया और बाकी क्या लगा दिया जीरो ठीक है दसमलो के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप दसमलो के बाद भी जीरो लगा रहे हैं तो उसका कोई भी सेंस नहीं है ठीक है अब आप कुछ सोचें कि यहाँ दस से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ हंड्रेड से यहाँ थाउजेंड से यहाँ दस से गुणा हुआ यहाँ सौ से और यहाँ हजार से तो यहाँ पर क्या हुआ कुछ भी गुणा नहीं हुआ यहाँ डिवाइड होने लग जाएगा वापस क्या होगा डिवाइड मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा पांच बटे दस क्या होगा पांच बटे दस या फिर बटे कितना हो जाएगा एक हजार छह बटे एक हजार दिख रहा है आपको छ बटे एक हजार और इसका प्लेस वैल्यू अगर यह तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स कहने का मतलब यह है कि इकाई दहाई दहाई मतलब गुणा में दस तेकड़ा मतलब गुणा में सौ हजार मतलब गुणा में हजार और दशमलव के जब इधर आओगे तो दशांक मतलब दशांक मतलब बटे में दस शतांक मतलब बटे में सौ सहस्रांक मतलब बटे में हजार इसका मतलब होता है दस इसका मतलब होता है सौ इसका मतलब होता, होता है हजार पर ये सब बटे में लगेंगे कहाँ लगेंगे बटे में अपौन में तो उनका ये वैल्यू आएगा मतलब अगर हमें पाँच का प्लेस वैल्यू चाहिए तो हम क्या लगा देंगे जीरो पॉइंट का प्लेस वैल्यू चाहिए तो जीरो 6 का प्लेस वैल्यू चाहिए तो जिसका चाहिए, जीरो पॉइंट जीरो प्लेस वैल्यू चाहिएगा नहीं बदलेगा प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान है ना यह पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और फेस वैल्यू का मतलब होता है जाति मान ब इसका मतलब होता है जातीय अब जातिमान दो का जातिमान क्या होगा सर दो आठ का जातिमान आठ नौ का जातिमान नौ सात सात जैसा दिखता है पाँच पाँच जैसा दिखता है तीन तीन जैसा दिखता है और जैसा दिखता है बस कहानी खत्म तो यहाँ पर था और मैंने आपसे कहा था अंक का इकाई स्थान वाले अंक का स्थानीय और जातिमान दोनों बराबर आता है इसका अंतर जीरो आता है तो ये आपको याद है तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी और ये स्थानीय और जातिमान से रिलेटेड टॉपिक था बट बड़े ध्यान से देखना चीजों को आगे शांति रखना इतना लगभग कुछ बच्चों को आता होगा पर जो मैं सवाल आपको करवाने वाला हूँ जो प्रश्न आपको करवाने वाला हूं यकीन मानिए आपकी जो आगामी एग्जाम्स हैं उन परीक्षाओं में इन चीजों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और 99.99 परसेंट .99 इन क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको उस भीड़ से अगर आगे निकलना है तो थोड़ा सा आपको फोकस के साथ चीजों को समझना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा ठीक है तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं या फिर मैं उड़ान डिटेल के ऐप पर ये नोट्स अपलोड करवा दूंगा वहां से भी आप नोट्स अपलोड है नोट्स बना सकते हैं चलिए अगला देखिए सवाल अब हम आते हैं सीधे सीधे सवालों पर एक सवाल आपके सामने सर ये रहा ठीक है तो क्या लिखा हुआ है लिखा है कि छत्तीस में शतांक अब मुझे एक बात बताओ शतांको बोलते हैं सबसे पहले ये देखो सर शतांक होता है दशमलव के बाद दूसरा नंबर दशमलो के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है दसांग होता है। फिर क्या होता है सहस्त्रांगतांक मतलब हमसे पूछा है शतांक शतांग मतलब मतलब? का मतलब कौन सा सर ये वाला इसको बोलेंगे शतांक आठ से मतलब है ये दशाक है और ये शतांक है क्लियर तो शतांग का स्थानीय सर शतांग का स्थानीय क्या हो जाएगा शतांक का स्थानीय हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो एट बोलो हाँ है ना इसका स्थान कौन सा ये वाला है जी तो बाकी सब जीरो जीरो पॉइंट जीरो एट क्लियर स्थानीय मान का का का मतलब क्या होता है सर गुणा का का मतलब क्या होता है गुणा बरोबर है हजार से गुणा करना है इसको किससे गुणा करना है हजार से और फिर इसका क्या करना है पांचवा भाग पहले आप यहाँ कर लो हजार से गुणा कर दिया यहाँ तक कर लें तो जब इसको हमने हजार से गुणा किया तो जो हमारा दशमलव है वो तीन अंक उधर खिसकेगा तीन अंक मतलब एक दो तीन अस्सी आ जाएगा कितना आ जाएगा सर अस्सी कौन बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं आता है तो वो थोड़ा सा चीजों को खुद से सीखें या YouTube पर कहीं और या Google पर देखें आपको ये चीजें वहां पर डेसिमल नंबरों में मल्टीप्लाई करने में क्या चेंजेस आता है वो आपको वहां बताया जाएगा तो सीखने की कोशिश करें स्किप करने के बजाय चीजों को सीखने की कोशिश करें तो जब इसका मल्टीप्लाई करें है, तीन जीरो तो दसमलव तीन अंक इधर किसके का एक और एक अंक हमने अलग से यहाँ जीरो लगा लिया तो यहां पर आ गया मतलब आंसर आपका सी आ गया फिर क्या बोला है कि ये जो भी आया उसका का मतलब फिर से ये वाला का गुणा का का मतलब गुणा पांचवा भाग पांचवां भाग मतलब ठीक है का पांचवा गुणा नहीं लगाओगे इसका पांचवा भाग मतलब पांच से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा सोलह सर पांचवा भाग सोला आया। पूछ रहा है किस स्थान तो तो वाला अंक है जिसका पूर्ण वर्ग सोलह है तो जरा आप देखो चार कहां पर है इसमें चार है सर दशांक में तो इसका मतलब ये जो अंक है ये किस स्थान वाला है चार किस स्थान पर है चार है दसांक पर चार कहां पर है दशांक पर मजा आया आपको ठीक है मज़ा क्या आएगा सर ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बट चीज़ें अगर आप समझ पाए अगर इसकी लैंग्वेज समझ पाए तो आपके लिए आसान होगा मैक्सिमम बच्चे ये चीज़ें नहीं समझ पाते इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला एक और सवाल जबरदस्त तरीके का अब यहाँ आइए देखिए जरा लिखा है ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन नाइन नाइन में सभी अंकों के स्थानीय मानों और जातीय मानों के योग का अंतर ठीक है अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना पहले इस सवाल को समझने से पहले इस सवाल को इसके आंसर को समझने से पहले इसके सॉल्यूशन को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ को समझ लेते हैं जैसे मैंने लिखा दो अगर मैं कहूँ कि दो का स्थानीय मान ठीक है दो का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू सर दो का प्लेस वैल्यू हो गया दो ठीक है पाँच का प्लेस वैल्यू क्या हो गया सर पांच का प्लेस वैल्यू हो गया पचास ऐसे दो का प्लेस वैल्यू क्या हो गया सर दो तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान ये इसका स्थानीय मान ये इसका का योग अगर हम सभी अंकों के स्थानीय मानों को योग करें तो हम क्या पाते हैं कि सर वापस वही नंबर आ जाता है वापस वही नंबर आता है तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको वहां पर हिमालय नहीं करना है आपको स्मार्ट वर्क करना है आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बड़ा सा नंबर है और अगर हमसे कहा है कि उस नंबर के सभी अंकों के स्थानीय क्या होगा तो आप क्या बताओगे सर वही संख्या वापस होगी अब मेरी बात सुनना अगर मैं कह दूं कि इसमें केवल मुझे इस वाले दो और इस वाले दो के स्थानीय का योग बताओ तो आप क्या करोगे ये वाला दो का स्थानीय दो सौ और इसका स्थानीय इस दो तो आंसर आएगा दो, दो। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें दो ही अंक का पूछा है तो केवल वो दो अंक लिखो बाकी को जीरो लिख दो तो आपका यह आ जाएगा तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी मैं क्या कह रहा हूं फाइनली आपको एक कंक्लूजन क्या दे रहा हूँ कि कोई भी बड़ा सा नंबर है और अगर आपसे पूछा है कि इस नंबर में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग निकालो तो आपको सभी अंकों के स्थानीय मान निकालना पड़ेगा फिर उनको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर आप पाओगे कि वापस वही नंबर हमें मिल गया जिसके हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे किसी भी संख्या के स्थानीय मानों को निकालना और उसका योग करना है तो निकालने की जरूरत नहीं डायरेक्ट बोलोगे यही आंसर आएगा सर ठीक है आंसर क्या आएगा यही का यही आपको वापस मिल जाएगा अब आप समझो ये कह रहा है कि इस संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग तो सर सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग क्या हो जाएगा सर वो तो यही का यही हो जाएगा ठीक है ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन नाइन और जाति मानो मान क्या होता है सर जात क्या होती है वो नहीं बदलेगी जो है वही रहेगी तो नाइन नाइन जैसा दिखता है नाइन नाइन जैसा ऐसे कितने दिख रहे हैं इस नौ का जातिमान नौ इस नौ का जातिमान नौ ये नौ कैसा दिखता है नौ जैसा ये नौ कैसा दिखता है नौ जैसा सारे नौ नौ जैसे ही दिखते हैं तो सबका जातिमान नौ हो गया नौ नौ कितनी बार है छह बार इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा फिफ्टी फोर और इनका क्या निकालना हमें अंतर 54 और हमसे पूछा इसका अंतर ठीक है ना तो आप देख लो सर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 999 यहां पर पॉइंट है 9 माइनस फाइव 5 हो जाएगा और 9 माइनस फाइव हो जाएगा और ये 9 तो आंसर आएगा नौ ऑप्शन बी तो बड़ा सवाल नहीं था छोटे सी चीज़ थी पर आपको वो चीज़ें क्लियर होगी तो आप कर पाओगे अदरवाइज आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हम और अगला सवाल हमारे पास क्या है अच्छा सवाल है चीजों को समझें ठीक है और तीन सवाल और हमारे पास हैं, तीन सवाल होने के बाद आपकी ये कहानी खत्म हो जाएगी आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर चुके होंगे तो आइए समझते हैं इस सवाल को देखिए जरा छह के स्थानीय मानों का योग सर कहाँ कहाँ पर है सर छ यहाँ पर है और छह यहाँ पर है तो इसका स्थानीय इस मान का योग क्या हो जाएगा सर जो छह है उनको लिख दो बाकी सबको जीरो लिख दो सर ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो तो जीरो जीरो जीरो ये हो गए जितने भी छे उस नंबर में दिख रहे हैं उनके स्थानीय मानों का योग जो आ गया ये आ गया ठीक है और नौ के स्थानीय मानों का योग अब नौ के स्थानीय मान का है सर सर एक नौ ये रहा और एक नौ ये रहा तो इसके स्थानीय मान क्या हो गया सर नब्बे दशमलव जीरो जीरो नौ ठीक है तो ये छे के स्थानीय मान हो गए और ये नौ के स्थानीय हो गए मानव के योग का भी अब इनको योग करो इनको क्या करेंगे हम योग करेंगे जब इसका योग करेंगे तो आंसर मिलेगा 690.0906 क्लियर? तो हमने जब इनका योग किया तो यह आ गया अब यहाँ पर एक नई कहानी क्या आ गई यहां पर नई कहानी की बिजांग बिजांग का मतलब होता है सर मैंने लिखा हुआ है डिजिट सम बिजांग का मतलब क्या होता है डिजिट सम मतलब इसका जो आंसर आया है उसका डिजिट का सम निकालो तो डिजिट सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे देखो जरा सर छो पंद्रह छो पंद्रह पंद्रह और पंद्रह टोटल कितना हो गया तीस और इसको जोड़ोगे तो तीन और जीरो तीन तो यही होता है आपका डिजिट सम डीएस ठीक है बिजांग क्या बोलते हैं इसको बिजांक बोलते हैं तो आपने इस सवाल का भी आंसर बड़ी आसानी से दिया और आंसर क्या आया आपका थ्री आया आंसर क्या आ गया थ्री पोज करो वीडियो को कहीं कोई एर तो, तो नहीं है तो आपसे देखो ठीक है से देखो तो आपको समझ में, और बेहतर आगे बढ़ते हैं सर इस सवाल को देखिएगा सर इसको देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है कि सहस्त्रांक के स्थानीय मान का दस की घात चार गुना अब देखो सहस्त्रांक आप समझते हो किसको बोलते हैं सहस्त्रांक सर ये दशांक है ये सतांक और सहस्त्रांक है तो ये रहा सहस्त्रांक तो सहस्त्रांक का स्थानीय मान स्थानीय मान मतलब क्या हो जाएगा 0.007 तो ये है सहस्त्रांक और इसका स्थानीय इस मान क्या है सहस्त्रांक मतलब बटे में हजार बटे में हजार का मतलब हो जाएगा ये केवल यहाँ जीरो लगा लो यहाँ जीरो और इसको लिख लो ठीक है तो ये हो गया उसका स्थानीय मान का का क्या करना है दस की घात चार गुना इसको दस की घात चार से गुना करना है अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको दस की घात चार से गुणा करूंगा तो दसमलो चार अंक किधर जाएगा एक दो तीन तो है एक जीरो लगा लो तो चार अंक तो आंसर कितना जाएगा? सत्तर जब इसको आप गुणा करोगे तो सत्तर आ जाएगा को चार के स्थानीय से गुणा करें अब इसमें चार ढूंढो चार के स्थानीमान यहां ठीक है हमें क्या करना है चार के स्थानीय सर चार यहां पर है और चार यहां पर है तो चार का स्थानीय क्या हो जाएगा सर चार का जो स्थानीय हो जाएगा ठीक है वो हो जाएगा चालीस चालीस देखो जरा ये चार भी रहेगा ये चार भी बाकी करेंगे तो सात चौक अट्ठाईस ठीक है फिर सात का भाग गुणा क्या जीरो में तो जीरो तो सात चौक अट्ठाइस आ गया मतलब दो फिर आपने सात का गुणा किया तो सात चौक अट्ठाइस ठीक है और लास्ट में जीरो कितने आएंगे एक ये वाला और एक ये वाला दो जीरो आएंगे सर आ गया कर दिया गुना अब बोल रहा है कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम ये सर आया हमारे पास परिणाम ये क्या है हमारे पास परिणाम जो सवाल में कहा उसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया जो परिणाम आया जो कंक्लूजन आया वो ये रहा अब क्या बोल रहा है परिणाम के बीजांग का भी हमने समझा बीजांग का मतलब था डिजिट सम अगर मैं इसका डिजिट सम करने चलूँ अगर मैं इसका डिजिट सम करने चलूँ तो आठ और दो दस आठ और दो दस दस और दस बीस तो जो बीजांग आ गया जो बीजांग आ गया वो कितना आ गया बीस बीजांग कितना आ गया 20, ठीक है नहीं पर 20 को भी जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? दो ठीक है दो और 0. 20 मतलब 2 जीरो दो जीरो को जोड़ोगे तो दो आएगा अबांक परमांक क्या होता है परमांक क्या होता है सर अगर बीजांक अगर बीजांक दो है तो परमांक होगा आठ इस चीज को समझते हैं इस चीज को समझते हैं मुझे पता आप क्लियर नहीं हुई बीजांग अगर दो है तो परमाक आठ होगा समझना जरा <misterius> जैसे मान लो बीजांक अगर तीन हो तो परमांक क्या होगा सात अगर बीजांग तीन हो तो परमांक होगा सात अगर बीजांग छ हो तो परमाक होगा चार अगर बीजांक पांच हो तो परमाक होगा पांच अगर बीजांक एक हो तो परमांक होगा नौ आपको समझ में आ गई कहानी क्या है सर बीजांक जो भी है उसमें हम क्या जोड़ें क्या एड करें बीजांक जो भी है उसमें हम क्या एड करें ताकि आंसर 10 आ जाए तो दो अगर है तो क्या ऐड करें कि 10 आए उसको हम बोलते हैं परमाक सर दो में आठ जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा मतलब आठ इसका परमांक है ठीक है ऐसे तीन में क्या जोड़ें? सात तो 10 हो जाएगा छ में क्या जोड़ें? चार तो 10 हो जाएगा तो अगर छ का परमांक तो तो पूछा है तो आंसर होगा चार अगर आठ का परमाक पूछा है तो आंसर आएगा दो अगर नौ का परमाक पूछा है तो आंसर आएगा एक ठीक है तो आई होप कि आपको परमांक जो है वो समझ में आ गया होगा इसमें हमसे परमांक पूछा था आइए आगे का सवाल को देखते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं बहुत ही जबरदस्त तगड़ा सवाल है अच्छा सवाल है बस छोटा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर उसको आप करेक्ट कर लेना ये ऑप्शन जो है इसको हटा के यहाँ पर लिखना 0.0005, ठीक है ये ऑप्शन में करेक्शन आप करेंगे तो अब आपसे इस सवाल में क्या पूछा है जरा देखिएगा और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपना दिमाग लगाए है ना जो आपने अभी तक सीखा था उसके बेसिस पर इसका आंसर देने की कोशिश करें क्या आंसर आएगा सर बताने की कोशिश करें क्या पूछा है एक नंबर दिया है ट्रिपल फाइव पॉइंट फाइव मतलब में पांच का स्थानीय मान अब आप कहोगे सर पांच का स्थानीय मान तो हम बता देंगे पर सर कौन सा पांच ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला तो हमने क्या किया हमें नहीं पता किस पांच का स्थानीय निकालना है, तो हमने सबका निकाल दिया सर इस वाले पांच का स्थानीय क्या होगा पाँच सौ हो जाएगा ठीक है दूसरे वाले पांच का स्थानीय मान क्या होगा सर पचास हो जाएगा तीसरे वाले पांच का स्थानीय मान इकाई पे तो पांच हो जाएगा सर इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? सर जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा फिर स्थानीय मान जीरो पॉइंट जीरो फिर स्थानीय मान हो जाएगा जीरो अब आप सोचो कि अगर ये सारे आंसर है मेरे पास पांच के स्थानीय मान निकालने निकला तो ये सारे आंसर आए पर जब मैं आंसर चेक करने गया क्या आपके ऑप्शन में 500 है बिल्कुल नहीं तो ये आंसर तो है नहीं क्या आपके ऑप्शन में 50 है बिल्कुल भी नहीं क्या आपके ऑप्शन में पांच है बिल्कुल भी नहीं क्या आपके ऑप्शन में पॉइंट है बिल्कुल नहीं क्या आपके ऑप्शन में जीरो है हाँ है सर ऑप्शन सी तो यही आपका आंसर हो गया क्या आपके ऑप्शन में 0.005 है नहीं है सर है पर वो ट्रिपल जीरो है कितना जीरो है? ट्रिपल यहां पर डबल आ रहा तो ये भी नहीं है तो सही आंसर हमारे पास आ गया 0.05 बताएं कैसा लगा आपको ये सवाल तो आगे हम डिस्कस करते हैं ठीक है शायद उम्मीद है कि आपको यहां तक की चीजें बहुत अच्छे से कवर हो गई होगी और ये था आपका एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा टॉपिक स्थानीय और मान जिसको हमने जीरो से हीरो लेवल तक टच किया उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी तो ये वाला जो नोट आपको उड़ान डिजिटल के एप पर मिल जाएगा ठीक है वहां से आप ये नोट डाउनलोड कर लेको मिल जाएगा तो वो टेस्ट देखिए कि कि हमें कितनी चीजें कवर हुई है ठीक है तो चलिए थैंक यू मिलते हैं अपने अगली वीडियो में